बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर हिंदू धर्म का दुष्प्रचार करते हुए देखा जाता है वहीं अब दर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म कमाल धमाल मालामाल 2012 के एक सीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है पाव रख दिया था जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया हालांकि इसके बाद श्रेयस ने माफी भी मांग ली है कमाल धमाल मालामाल दो हजार बारह में रिलीज हुई थी फिल्म का डायरेक्शन हेरा फेरी जैसी फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर प्रिय दर्शन ने किया था बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी लेकिन फिर भी इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है दरअसल फिल्म के एक सीन में श्रेयस ओम की श्रेयसर लगे एक मिनी ट्रक को पैर से रोकते हैं और अब सोशल मीडिया पर उनके इस सीन का वीडियो वायरल हो रहा है कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने श्रेयर्स पर जमकर निशाना साधा है हालांकि इस वीडियो पर बवाल होते ही श्रेयर्स ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी श्रेयस ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा की जब कोई शूटिंग करता है तो कई सारी चीजें होती है जैसे एक्शन सीन्स में में हम एक में रहते हैं, उस समय डायरेक्टर की मांग से लेकर समय की कमी जैसी हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में जो कुछ भी देख रहा हूं, उसके लिए अपने आप को सही नहीं ठहरा रहा मैं बस इतना कहता हूं कि जो भी हुआ वो सब अनजाने में हुआ और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ मुझे ये चीज ध्यान देनी चाहिए थी और डायरेक्टर को भी बताना चाहिए था